दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप सिटीजन पोर्टल से आप किस प्रकार से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आपको हम तुरंत बताते हैं इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है ओपन करने के बाद वहाँ पे लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट ई डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की ये साइट आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पर आपको सिटीज़न लॉगिन इन ई साथ इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिटीज़न पोर्टल पे आ चुके हैं अब यहाँ पर आपको हमने पहले भी आईडी किस प्रकार से मिलेगी ये हम वीडियो बना चुके हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उसी आईडी को जो हमने आपको बनाना बताया था उस आई को आपको यहाँ पर फिल कर देना है फिल करने के बाद ये पैप्चा कोड डालना है और आपको सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं साथी पोर्टल पे आप लॉगिन हो चुके हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा शुल्क भुगतान रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन, आवेदन। कुल ये आपको तब प्रतिलिपीदेद पर मिलेंगे जब आप आवेदन कर चुके होंगे तब इनकी आवश्यकता पड़ेगी वरना आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन पत्र तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र अब आप इसमें से तीस पैंतीस सर्विस हैं आप इसमें से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं तो चलिए हमको आय प्रमाण पत्र करना है तो यहाँ पर हम आई पर क्लिक करेंगे आई पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से फॉर्म इसका खुल करके आ जाएगा अब आपको इसको पूरा फॉर्म फिल करना है तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप देख सकते हैं ग्रामीण पर ये टिक लगा हुआ है तो आपको ग्रामीण से हो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पर नगरीय इस पर चुनना है तो चलिए हम नगरीय क्षेत्र से हैं तो हम नगरीय चुन लेते हैं इसके बाद प्रार्थी का नाम हिंदी में तो यहाँ पर आपको आवेदक का नाम दर्ज करना है हिंदी में इसके बाद आपको प्रार्थी का नाम अंग्रेज़ी में दर्ज करना है तो यहाँ पे आप उसका नाम अंग्रेजी में दर्ज कर दें उसके बाद पिता पति या संरक्षक अगर इनके पिता जीवित है तो आप पिता का नाम दर्ज कर दें और मतलब अगर ये आवेदक में अगर मेल में है वो अगर फीमेल में है मान लीजिए तो आप उनका पति का नाम दर्ज कर सकते बच्चा हो तो संरक्षक पर आप लगा सकते हैं तो चलिए हम पिता का नाम दर्ज कर देते हैं इसके बाद माता का नाम आपको यहाँ पे माता का नाम दर्ज कर देना है वर्तमान पता उनका जो भी हो यहाँ पे उनका पता दर्ज कर देना है यहाँ पे देख सकते हैं मोहल्ला पोस्ट यहाँ पे आपको जिस मोहल्ले के हो वो आपको मोहल्ला दर्ज कर देना है और जनपद जनपद में आप जिस जिले से हो वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद तहसील आपकी जो भी तहसील लगती हो उस तहसील को यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद मोबाइल नंबर आपको आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करना है आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप देख सकते हैं स्थाई पता उपरोक्त तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है तो जो पता है वो आप यहां पे देख सकते हैं ये लिख करके आ जाएगा इसके बाद व्यवसाय इनका क्या काम है या ये क्या काम करते हैं जो आवेदन कर रहे हैं तो इनको अपना काम यहाँ पे दिखाना है तो चलिए हम काम दिखा देते हैं इसके बाद परिवार का विवरण आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या जितनी भी हो जिस प्रकार राशन कार्ड में होती है दो लोग चार लोग पांच लोग उसी हिसाब से यहाँ पे दर्ज कर देना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं इसके बाद आय निर्धारण हेतु आवेदन की श्रेणियाँ तो ये आप अगर के खेती किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पे आपको दर्ज करना है वरना ना इनको खाली भी छोड़ सकते हैं अब यहाँ पे आपको दर्ज करना है अन्य स्रोतों से आय तो आप देख सकते हैं आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या यहाँ पे आपको परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पर आपको परिवार के सदस्य का नाम भर देना है व्यवसाय व्यवसाय में आपको जो भी व्यवसाय है उनका वो भर देना है और व्यवसाय से आय वार्षिक यानी साल में वो कितना कमा लेते हैं तो यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है उसके बाद अन्य स्रोतों से आय तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अदर अगर इनका कोई वर्क हो या काम हो तो यहाँ पे आप जितनी भी वार्षिक आय होती हो तो यहाँ पे दर्ज कर देना है और तो परिवार की कुल वार्षिक आय तो टोटल तो आय जो अदर में से आप जो मान लीजिए कमा रहे थे और जो आप मजदूरी कर रहे हैं किसी भी प्रकार से टोटल आय आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और उसके बाद क्या इसे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो आप चाहें तो अगर आपका जारी हुआ है तो हाँ भी कर सकते हैं वरना नहीं पे रहने दें इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे हाँ है तो हाँ क्लिक रहने दें अब आवेदक का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता या कारण था था। तो यहाँ पे आप अगर शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए बनवा रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हैं तो आप इसके लिए दर्ज करना या अन्य से किसी वर्ग के लिए तो आप अन्य पे भी क्लिक कर सकते हैं तो अन्य पे के क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ करके आ गया है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण भरें तो यहाँ पर आप कोई भी आवश्यक कार्य हेतु भर सकते हैं ये भरने के बाद आप देख सकते हैं संलग्न शीर्षक अब यहाँ पर आपको आवेदक की फ़ोटो अटैच कर देनी है फोटो लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज फाइल तो जहाँ पे आवेदक की फ़ोटो पड़ी हो आप अपने हैंडसेट से गैलरी से जा करके के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं तो फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद अब आप, आप देख सकते हैं अपलोड तो इस अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप ये अपलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो का कॉलम बनकर के आ गया है अब इसके बाद आपको यहाँ से फोटो को हटा करके आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ये लगाना है तो इस पर आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप फिर अपनी लास्ट में इधर नीचे आइएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज़ फाइल इस फ़ाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आप अपने गैलरी से फ़ाइल को अटैच कर सकते हैं स्व घोषणा पत्र इसके बाद अपलोड यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है तो दोस्तों यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है अब आपको इस पर फिर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद राशन कार्ड की छाया प्रति यहाँ पे अब आपको राशन कार्ड की छाया प्रति अपलोड कर देना है तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप अपने हैंडसेट के गैलरी से जहाँ पर भी रख रखी वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है तो चलिए दोस्तों हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो स्व घोषणा पत्र राशन कार्ड की छाया प्रति ये तीनों चीज़ अपलोड हो चुकी है अब इसके बाद यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है संलग्न शीर्षक में और इसके बाद राशन कार्ड हम अटैच कर ही चुके हैं इसके बाद वेतन पर्ची तो वेतन पर्ची ना हो तो आप अन्य में उनका कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है मान लीजिए बैंक पासबुक आधार कार्ड या पैन कार्ड तो ये आप अटैच कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आवेदक का यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं तो अन्य जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम और खुल करके आ जाएगा जिसपे आपको डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है कि आप क्या अपलोड करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं का का चूज फाइल इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको अपने हैंडसेट की गैलरी से जाकर आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये अपलोड इस पर क्लिक कर देना है और अपलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चार आइटम अपलोड हो चुके हैं इसके बाद अन्य पे तो लगा हुआ है ये है यहाँ पर आपको फिर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पे आप लिख दें कि आवेदक का कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं आवेदक का पैन कार्ड चूज फाइल पर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया से पैन कार्ड की फोटो अटैच करना है उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आवेदक का पैन कार्ड फोटो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदक का आधार कार्ड ये पांचों आइटम हमने अपलोड कर दिए हैं। अब इनको अपलोड करने के बाद आप एक बार फॉर्म को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लीजिए कि कहीं पे कोई गलती तो हुई नहीं है तो आप इसको वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई जब फॉर्म आपका हो जाए तो वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे दर्ज करें इस पर आपको क्लिक करना है तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जनरेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसको आप या कॉपी कर लीजिए कॉपी करने के बाद आप जहां पर भी अगर इसको लिखना चाहें तो लिख करके भी रख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं आपका ये फॉर्म सबमिट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है अब इसका आपको पेमेंट कटाना है तो पेमेंट कटाने के लिए सबसे पहले तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रिंट आप चाहें तो इसका एक प्रिंट भी ले करके रख सकते हैं स्टेटस वगैरह कभी अगर आप चेक करना चाहें तो इसके माध्यम से आप चेक भी कर सकते हैं तो इसको हम सेव कर लेते हैं सेव करने के बाद आप ये नीचे देख सकते हैं सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपको अब इसका पेमेंट कटाना है इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पेमेंट गेटवे पे आपको ये डायरेक्ट कर देगा जिस पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर ये आपका आ जाएगा तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप ही ले लेगा इसके बाद सबमिट इस सबमिट पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पेमेंट फॉर्म और पेमेंट टू कि आप किस पेमेंट दे रहे हैं यूपी गवर्नमेंट को अमाउंट टू बी पेड आपका कितना इसका अमाउंट लगेगा तो पंद्रह रुपये इसकी फ़ीस कटेगी इसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट इस पर पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा आप देख सकते हैं आपको ये पेमेंट गेटवे पर पे परिडायरेक्ट कर दिया है अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्यूआर कोड के माध्यम से या यूपीआई पी आई तो आपको इसमें से जो भी आसान लगे आप उसके माध्यम से कर सकते हैं तो चलिए यू हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं भीम यू -Pi. इस पर आपको मेक पेमेंट पर पे क्लिक करना है जैसे ही आप ये मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक ये पॉपअप आएगा इस पर आप देख सकते हैं आपकी ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना है कन्वेंसन फ़ीस जीरो है और टोटल जीएसटी वगैरह सब इसमें जीरो है इसके बाद आपको टोटल पंद्रह रुपये की फ़ीस यहाँ पे पेमेंट करना है तो प्रोसीड विद पेमेंट इस पर पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप आपको यहाँ पर इंटर योर यू पी या वी इनमें से आपके पास जो भी हूँ यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपनी यू पी दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों UPI ID दर्ज करने के बाद मेक पेमेंट इस पर पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ये आप क्लिक करेंगे तो ये यू के माध्यम से यह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पॉपअप मैसेज भेजेगा पेमेंट का तो उसको आपको ये टाइमिंग चल रही है मिनट मिनट की इस के अंदर आपको पेमेंट काटना है तो आप देख सकते हैं ये पॉपअप आया तो इस पर हमने क्लिक किया तो ये पेमेंट यहाँ पर मांगने लगा तो इस पर हम हमको इस पर पे पेमेंट पे कर देना है तो पे ना हो इस पे आपको क्लिक कर देना तो दोस्तों तो तो आप देख सकते हैं ये पेमेंट हो चुका है वो पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे आना है तो आप देख सकते हैं ये साइट अपने ही आप, आप लॉग आउट हो गई ये बंद हो गई तो इस तुरंत आपको जा करके फिर से लॉगिन करना है जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने पोर्टल पे फिर से आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान सबसे पहले ही है इस पर आपको क्लिक करना है और जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो हमने शुरू में आपको कॉपी करने के लिए कहा था तो उसको यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद ये जो आप सबमिट है इस पर सबमिट कर देना है तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी पेमेंट की पर्ची जनरेट होकर के आ जाएगी यानी अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है और सात से 10 दिन के बीच में आपका आय प्रमाण पत्र बन करके इसी पोर्टल में आ जाएगा तो आप उसको डाउनलोड करके आप कहीं पर भी लगा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे डेगवेरी चैनल को दोस्तों धन्यवाद